नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित फारद्वाज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई ज्ञान की बात फिर से आज अगर आपकी उम्र 18 साल की है या 20 साल की है तो इस वीडियो को जरूर देखें आज मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मैंने अपने अनुभव पर जांचा परखा है मैं लगभग 40 साल का हो गया हूँ और उतनी गलतियां कर चुका हूँ जितनी मुझे अब तक कर लेनी चाहिए थी लेकिन मुझे यह लगता है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यदि उस समय जानता जब मैं 18-20 साल का था तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती वाकई मैं कर्ज़ के पहाड़ के नीचे नहीं दबा होता मैंने बेहतर कैरियर अपनाया होता मुझे नहीं लगता कि मैं अपने साथ हुई सारी चीज़ें बदल सकता हूं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि मैंने ऐसे सबक सीखे हैं जो मैं खुद को जी हाँ ख़ुद को तब बताना चाहता हूँ जब मैं अट्ठारह साल का था क्या अब वो सबक दोहरा कर मैं थोड़ा सा पछता लूँ नहीं पछतावे में, में मेरा यकीन नहीं है मैं उन्हें यहाँ इसलिए बांट रहा हूँ ताकि हाल ही में अपना होश संभालने वाले युवा लड़के और लड़कियाँ मेरी गलतियों से कुछ सबक ले सकें मैं यह उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों को इससे अपनी ज़िंदगी बदलने में ज़रूर थोड़ी मदद मिलेगी तो आइए जानते हैं जीवन को बदलने वाली पंद्रह ज्ञान की बातों के बारे में जो काश मुझे पहले पता होती जब मैं अठारह साल का था तो आइए शुरू करते हैं पहली ज्ञान की बात कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो जी हाँ आप कितने भी बिजी क्यों ना हो अपना शौक़ पूरा करो अभी तुम्हारे ऊपर बहुत कम जिम्मेदारियाँ हैं इसलिए दुनिया घूमो जब तुम चालीस के हो जाओगे तब तुम कुछ अलग तरीके से यात्रा करना चाहोगे तुम उन पर थोड़ा और खर्चोगे महंगी चीजों का अजमाओगे अच्छे रेस्टोरें में खाना पसंद करोगे इसलिए साल भर तक काम करके तुम इतना पैसा कमा लो कि कम खर्च में दुनिया के सैर करने का लुत्फ उठा सको तुम ये कैसे जानते हो कि तुम क्या करना चाहते हो जबकि तुम जानते ही नहीं कि तुम क्या कर सकते हो सिर्फ सबसे माकूल जगहों की यात्रा मत करो अनजान जगहों की यात्रा करो मुश्किल जगहों की यात्रा करो सीखने के लिए यात्रा करो खोजने के लिए यात्रा करो और उन जगहों की यात्रा करो जो तुम्हें सोचने के लिए चैलेंज करें कि तुम क्या बनना चाहते हो दूसरी ज्ञान की बात याददाश्त बड़ा धोखा देती है जी हाँ याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है मैं न सिर्फ हाल की बल्कि पुरानी बातें ही भूल जाता हूँ क्योंकि मैं उन्हें कहीं लिखकर नहीं रखता मुझे खुद से जुड़ी वो सारी बातें याद नहीं रहती यदि मैंने उन ज़रूरी बातों को नोट कर लेने की आदत डाली होती तो मुझे इसका बड़ा लाभ मिल तीसरी ज्ञान की बात समय की कीमत जी हां, टाइम इज़ मनी अपना समय उन लोगों पर बर्बाद मत करो जिन पर तुम भरोसा नहीं करते तुम्हें धोखा देने वाले प्रेमी पर अपना समय बर्बाद मत करो उन दोस्तों पर अपना समय बर्बाद मत करो जो तुमसे उस तरह व्यवहार नहीं करते जिस तरह तुम उनसे करते हो कभी लेट मत होना दूसरों के वक्त की कदर करो तुम्हारे लेट होने से यह जाहिर होता है कि तुम दूसरों की ओर उनके वक्त की परवाह ही नहीं करते और यह भी कि तुम उनसे अधिक महत्वपूर्ण हो इसलिए उन्हें इंतज़ार करा सकते हो जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें कहेंगे कि थोड़ा बहुत लेट होना चलता है ऐसा नहीं है कुछ लोग तुम्हें बताएंगे कि वे तो ऐसे ही हैं ऐसे में तुम्हें उनका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए जी हाँ उनका रिवेलुएशन करना चाहिए इसलिए कभी लेट मत होना चौथी ज्ञान की बात हर दिन पढ़ो जो पढ़ सकते हो वो पढ़ो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ो जो तुम जानते हो लोगों के बारे में पढ़ो लोगों को पढ़ो पाँचवीं ज्ञान की बात काम के दौरान बनने वाले दोस्त काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं लोगों से सबक ही वह सबसे अच्छी और बुरी चीज़ है जो तुम्हारे साथ होगी कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने में और तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे कुछ लोग तुम्हें उनके लेवल तक गिराकर हराने की कोशिश करेंगे शिकस्त दिलवाने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर लोग ठीक ठाक हैं कुछ औसत हैं और कुछ शानदार हैं कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे उन्हें खोजो तुम्हें अपने इर्द गिर्द खूब सारे दोस्तों और लोगों की ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसे अद्भुत लोग चाहिए जो तुम्हारे लिए उतना करें जितना तुम उनके लिए करो ये बहुत सिंपल बात है बहुत से औसत दोस्त तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगे और ऐसे में तुम्हें उन लोगों की ज़रूरत महसूस होगी जो तुम्हारी परवाह करें छठी ज्ञान की बात जो कुछ भी आपको कठिन लगता है वे आपके काम का होता है यह एक ऐसी बात है जो ज़्यादा काम की नहीं लगती एक समय था जब मुझे काम बड़ा मुश्किल लगता था मैंने काम किया ज़रूर लेकिन बेमन किया और अगर काम ना करने की छूट होती तो मैं नहीं करता परिश्रम ने मुझे बहुत तनाव में डाला मैं कभी परिश्रम नहीं करता था लेकिन मुझे मिलने वाला सबक यह है कि जितना भी परिश्रम मैंने अनजाने में किया उसने मुझे सदैव दूर तक लाभ सातवीं ज्ञान की बात खर्च करने पर नियंत्रण यूँ ही पैसा उड़ा देने की आदत ने मुझे बड़े ही गहरे आर्थिक संकट में डाला जी हाँ फाइनेंशियल क्राइसिस मैं ऐसी चीज़ें खरीदता था जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी ऐसे गैजेट्स जी हाँ कभी कंप्यूटर कभी कुछ खरीद लेता था जिन्हें सिर्फ अपने पास रखना चाहता था ऑनलाइन ख़रीदारी करता था मुझे अब ऐसे किसी भी चीज़ पर गर्व नहीं होता मैंने आदतन पैसा खर्च करने के स्वभाव पर काबू पा लिया है अब कुछ भी खरीदने से पहले मैं थोड़ा समय लगाता हूँ मैं यह देखता हूँ कि क्या मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे हैं या मुझे उसकी वक्त की ही ज़रूरत है या नहीं आठवीं ज्ञान की बात आर्थिक नियोजन करना परिवार नियोजन नहीं भाई आर्थिक नियोजन जी हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं हमेशा से जानता था कि हमें अपने बजट और खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए इसके बावजूद इस मामले में मैंने हमेशा आलस किया मुझे यह ठीक से पता भी नहीं था इसे कैसे करते थे अब मैंने इसे सीख लिया है हाँ कभी कभी मैं रास्ते से भटक भी जाता हूँ पर दोबारा रास्ते पर आना भी मैंने सीख लिया है ये सब आप किसी किताब से पढ़ नहीं सीख सकते इसे व्यवहार से ही जाना जा सकता है अब मैं यह उम्मीद करता हूँ कि अपने बच्चों को भी यह सब मैं सिखा पाऊंगा। नौवें ज्ञान की बात टीवी देखना समय की बहुत बड़ी बर्बादी है मुझे लगता है कि साल भर में हम कई महीने टीवी देखने में बिता चुके होते हैं ऐसे रियलिटी टीवी देखने में क्या तुक है जब रियलिटी ही हाथों से फिसली जा रही हो हु, खोया हुआ समय कभी लौटकर कर नहीं आता इसे टी देखने में बर्बाद ना करें दसवें ज्ञान की बात जंक फूड पेट पर भारी पड़ेगा सिर्फ ठहरी हुई लाइफस्टाइल के कारण ही मोटा नहीं हुआ हूँ बाहर के तले हुए भोजन ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया है हर बार मैं बाहर पिज्ज़ा बर्गर या कोई दूसरी चर्बीदार तली हुई चीज़ें खा लिया करता था मैंने कभी यह नहीं सोचा कि इन चीज़ों से कोई समस्या भी हो सकती है अपने स्वास्थ्य के बारे में तो हम तभी सोचना शुरू करते हैं जब कुछ उम्र बढ़ने लगती है एक समय मेरी जींस बड़ी टाइट होने लगी और कमर का नाप कई इंच बढ़ गया था इस दौरान पेट पर चढ़ी चर्बी अभी भी पूरी तरह से उतरी नहीं है काश किसी ने मुझे उस समय आज की तस्वीर दिखाई होती जब मैं 18 साल का जवान था ग्यारहवीं ज्ञान की बात धैर्य जी हाँ धैर्यवान बने पेशेंस रखें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जिसे जल्द करना जरूरी हो ऐसा कुछ बनाना भी जरूरी नहीं है जे जल्दबाजी में बनाना पड़े कोई भी अहमियत की चीज़ एक मिनट में नहीं बनती बार विज्ञान की बात असफलता खूब असफल रहो अक्सर असफल रहो प्यार में असफल रहो खूब असफल रहो अक्सर असफल रहो प्यार में असफल रहो लोगों से घुलने मिलने में असफल रहो काम में असफल रहो बिजनेस में असफल रहो परिवार में असफल रहो और अपने मौजूदा दोस्तों में भी असफल रहो लेकिन यह काम भी झट से करके उससे सबक लो यदि असफल होने पर भी कोई तुम्हें सीख नहीं लेते तुमने जो कुछ किया वह सरासर असफल ही रहा जब तुम कुछ सीखते हो तब तुम पनपते हो हर बार पनपने सीखने और असफल होने के बाद तुम यह पता लगाने बेहतर हो जाते हो कि सफल किस तरह होना है तेर विज्ञान की बात दूसरों के विजन पर काम करने या दूसरों की मीटिंग अटेंड करने में अपना वक्त जाया मत करो आजकल देखा होगा बहुत से लोग कोई भक्त बना हुआ है कोई चमचा झंडा उठाए घूम रहे हैं यह जानने की कोशिश करो कि दुनिया को लेकर तुम्हारा खुद का नजरिया क्या है तुम अपनी जिंदगी को किस राह में ले जाना चाहते हो वो कहते हैं ना सारी दुनियाओं के समस्याओं को ठीक करने का ठेका तुम्हारे सर पे नहीं है तुम सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां उठा लो वो भी बहुत है चौदहवीं ज्ञान की बात सफलता ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर तुम सफल ही रहोगे अपने ट्वेंटीज में नहीं और अपने फोर्टीज में भी नहीं कभी नहीं इस फैक्ट को समझ लो और कुछ बनाना शुरू करो द लास्ट बट नोट लीस्ट पंद्रहवीं ज्ञान की बात इतना देखने और सुनने के बाद भी मेरी गलतियां दोहराओगे तो पछताओगे मैं बुरा लड़का नहीं था लेकिन मैंने किसी की सलाह कभी नहीं मानी मैं गलतियां करता रहा और अपने मुताबिक ज़िंदगी जीता गया मुझे इसका अफसोस नहीं है मेरा हर अनुभव मुझे मेरी ज़िंदगी की उस राह पर ले आया है इस पर आज मैं चल रहा हूँ मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है और मैं किसी के साथ हरगिज़ नहीं बदलूँगा दर्द तनाव तमाशा मेहनत परेशानिया कर्ज और मोटापा सलाह ना मानने के इन नतीजों का पात्र था मैं तो दोस्तों 10 साल का प्लान बनाओ वर्षों का सोचो महीनों का काम करो और दिनों दिन जियो क्योंकि जीवन में कुछ भी तय लॉजिक से नहीं चलता तो दोस्तों ये थी आज की ज्ञान की बात और रोजाना थोड़ी ऐसी पॉजिटिव सलाह और ज्ञान की बातें सुननी है तो हमारे चैनल ज्ञान की बातें अच्छी और सच्ची को सब्सक्राइब करना ना भूलें कल फिर मिलेंगे एक ज्ञान ज्ञान की की बात के के साथ साथ आपका दिन शुभ हो इसी उम्मीद के साथ, धन्यवाद तो दोस्तों की बात कि ये वीडियो आपको कैसी लगी आप सबको प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में आपको कोई भी कमी नजर आती है तो मैं कमेंट करके जरूर बताए हम उसमें सुधार करके अपडेट कर देंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे फेसबुक व्हाट्सएप और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें